कैसा लगा मेरा मजाक ओवर एक्टिंग करता है साला। की चले, एक काम कर दो सौ रूपए दे और पचास रूपए का बर्दाश्त नहीं है अल्लाह तहारे और बर्दाश्त करेंगे ना तो ऐसा ना मांगेंगे ये गर्दन झुक सकती तो है इसके आगे कट नहीं सकती ठीक ऐसा